शक्ति के युवा खून में सपने सच्चे घोल रहा हूं अखिलेश यादव बोल रहा हूँ यूपी मेरा दीन धर्म है यूपी है अभिमान करू उछावर तन मन धन और जा युवा शक्ति के युवा खून में सपने सच्चे घोल रहा हूँ युवा शक्ति के युवा खून में सपने सच्चे घोल रहा हूँ सुनो साथियों सुनो भाइयों सुनो साथियों सुनो भाइयों अखिलेश यादव बोल रहा हूँ अखिलेश यादव बोल रहा हूँ